तू ही मेरी शब है सुबह है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहाँ है तू ही मेरी दुनिया तू ही मेरी शब है दिल पे मैंने लिखा तू बन गया है मेरे जीने की के वजह I keep your eyes on me. Yeah.